समय रवि भक्स लियो तब ती न हो लोक भयो अंधियारो ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहु सो जत नटारो दे आनी कर बिनती तब छण दियो रवि कष्ट निवारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहार संकट मोचन लिख दस तपिस बस गिर जात महाप्रभु पंथ निहार चौकी माँ मुनिशाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचार दुज रूप लिये महाप्रभु सो तुम दस के शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपि कट के संग गए सिया खोज कपिश उचारो जीवत ना बचे हम सो बिना थके तट सिंधु सब तब प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कपी संकट मोचन नाम तिहार सं रावण त्रास दही सिया को सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो कहीं समय हनुमान महाप्रभु जाय महा रजनी चर मारो चाहत सिया अशोक सो आगे चौधय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन लग उर् लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो लय ग्रह वैद्य सुषेन समेत तब गिरि द्रोण सुवीर उपारो आनी सजीवन हाथ दिए तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन हारो संकट मोचन हारो रावण की यो तब नाग सिर डारो श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह यह संकट भरो मोहट हनुमान जु बंधन काटि सुतास निवारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट संकट मोचन मोचार बंधु समेत जब अवण रघुनाथ पाता सिधारो पूजी भली विधि देव सब मिली मंत्र विचारो जाए सहाय भय रवण सैन्य समेत संहारो को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहार बड़े देवन के तुम फिर महाप्रभु देखे विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात हटारो बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट हो हमारो को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन